नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार बिजनेस आइडिया में आज हम आए हैं गोलपाड़िया के गिरवाई क्षेत्र में महाकाली पोल्ट्री फार्म पर और जानेंगे कड़कनाथ के अंडों से बच्चे कैसे निकाले जाते हैं चूजा कितने का है कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं और ये जो मशीन बनाई हुई है जुगाड़ से ये किस तरह बनाई है इन्होंने ये सारी चीज़ें जानेंगे और वैक्सीन किस कंपनी की देनी चाहिए ये सारी चीज़ें जानेंगे तो मिलते हैं महाकाली पोल्ट्री फार्म के मालिक से और जानते हैं सारी चीज़ों के बारे में और इनका मोबाइल नंबर और दोस्तों कड़कनाथ हैं इनकी क्या रेट है तो चलिए बात करते हैं इनसे दादा क्या नाम है अपना? मेरा नाम है मेरा ठाकुर सिंह दादा ये जो क्षेत्र है ये क्या बोलते हैं रोड। रोड। तो दादा आप हमें ये बताए जो वैक्सीन हम यूज करें वो किस कंपनी की यूज करें ये वैक्सीन इसमें वेंकी कंपनी की आती है स्टील की आती है हेस्टर की आती हैं ये अच्छी कंपनियां हैं और हम लोग इनको काफ़ी सालों से चला रहे हैं और इनके रिजल्ट भी अच्छे हैं पर ये, और यही है कि वो लाने के बाद सही फ्रीज में मेंटेन की जा रही हैं तो ही वो अच्छे रिजल्ट आएंगे वरना आपका नुकसान हो ही सकता है तो क्योंकि फ्रीज में लाइट नहीं है तो उसका वायरस मर जाएगा तो आपने जो वैक्सीन के नाम बताए हैं ये वैक्सीन हर रोग में अलग अलग आती है कि कंपनी सब में बनाती है इनके हर तरह की जो बीमारी होती है उसकी अलग अलग बनाई जाती हैं। तो कंपनी यही रहेगी हाँ कंपनी ये रहेगी दूसरी जो एस्टर है या एस्टेलन है इनकी सभी कंपनियों के सारे वैक्सीन आती है अच्छा सभी कंपनियों के सारे वैक्सीन आते हैं तो दोस्तों देख लेते हैं जो कड़कनाथ का चूजे अभी निकले हुए हैं ये, ये आप देख सकते हैं ये अभी कोशिश कर रहा है अंडे से पूरी तरीके से निकलने की ये देखिए और ये देखिए कुछ चूजे ये निकले हुए हैं बाकी चूजे दूसरी जगह उठा के रख दिए हैं ये देखिए कड़कनाथ के चूजे हैं इसमें और दादा कौन से हैं चूजे इसमें और सोनाली है आर आई आर है सोनाली है आर आई आर है अस्टलॉक है ये अलग अलग डेटों पे अलग अलग निकलते हैं पर कुछ अंडा रख दिया जाता है अच्छा। जैसी डिमांड रहती है बुकिंग रहती है तो वो अलग अलग उसमें आता है तो बाकी चूजा जो है जो निकल चुका अंडे से वो चूजा यहाँ से उठा के कहीं और रख दिया गया है चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं दादा से तो ये बताएंगे आप हमें कि ये जो अंदर से चूजे निकालने जाते हैं ये कौन कौन सी नस्ल के चूलें हैं अपने पास कड़कनाथ है सोनाली है अस्टलोक है आर है। तो इनकी रेट बताएंगे जरा हाँ तो कड़कनाथ का पैंसठ रूपए का चूजा देते हैं करीब तीन चार दिन का तैयार करके हो अच्छा। सकता है तो पहला वैक्सीन और दूसरा वैक्सीन भी कर देती है और बाकी आर और ब्लैक एस्टोलेस हाँ ये भी मिलते हैं ये पचास रूपए का चूया इसका पचास रूपए का चूया है तो आप वो कि ऊपर तो नीचे सारा अंडा घूमता है और ये इसके सेंसर वगैरह ये लगा रखे इससे समय पर जितना टेम्परेचर चाहिए, चाहिए उतना मिलता है जितना ह्यूमिडिटी चाहिए उतनी मिलती है ऑटोमेटिक ल तो तो में बाढ़ से कच्चे मंगाता था उस समय सारा बिजली ठप हो गया तब ये दिमाग में आया क्यों ना की मैं मशीन बनाऊँ तो मैंने मशीन बनाने किया तो शुरू में दिक्कतें आई बाद में फिर मैंने पश्चिम बंगाल से इसके कुछ जो है जो वगैरह जी मैंने मंगाए और मैं कामयाब हो गया आज 90 परसेंट बच्चा निकाल रहा हूँ कितने जा सकता है तो आप कितने इसमें नौ दस परसेंट तो निकल जाता है उसके बाद नब्बे परसेंट के करीब चूया निकलता है जिसमे दो चार चूजे तब भी फंस के मर जाते वाला अठासी नब्बे परसेंट चूया निकल आता है पर अच्छा फर्टिलाइजेंडा है जब चलिए दादा इसको देख लेते हैं मशीन को और चूजों को नजदीक से दोस्तों वीडियो वीडियो पसंद आए तो को दबाए और... इसमें चूड़े अच्छा निकल चुके हैं और चलिए देखते के है कौन से ये वाले हैं कड़कनाथ के चूहे ये अच्छा लॉक है अच्छा अच्छा ये कड़कनाथ है ये कड़कनाथ है हाँ। और ये चूजे ये अभी निकाले जा रहे हैं ये सोनाली और अस्टलोक दोनों के ही अच्छा ये सोनाली और अस्टलोक की चूजे हाँ। ये अभी निकल रहे हैं और ये कल रात में निकले तो सी है ये ये हैं खुदा से ये है कल रात के देख लेते नजदीक से कल रात की जो चूजे निकले ये वाले हैं दोस्तों और ये कौन सी मसला ये सोनाली है हाँ। और आपने कड़कनाथ और लोग दोनों अच्छा और ब्लैक हाँ। ये, हाँ। ये, ये भी चौबीस घंटे की चौबीस घंटे के बाकी जो अंडे है बाकी अंडो ऐसी बच्चे लगभग कब तक निकलेंगे हर चार पाँच दिन में फ्लॉग निकलता है चार चार पाँच पाँच दिन में चार दिन बाद दूसरा फ्लॉग निकलेगा अच्छा तो दादा कुछ और बताए इस मशीन के बारे में आपने किस तरह कहाँ से सामान लिया ये क्या परेशानी हुई है हाँ मैंने ग्वालियर से ये लोहिया बिहार से जो एंगल वगैरह लेके आया अच्छा ये और जो मोटर वगैरह पश्चिम बंगाल से मंगाई मैंने मोटर है देख लेते हैं हाँ ये लगी हुई है हर 90 मिनट बाद 90 मिनट बाद दो मिनट के लिए पहुंची है अच्छा नब्बे मिनट बाद दो मिनट के लिए घूमती है और नीचे लिमिट स्विच लगे हुए है, जो ये तो पश्चिम बंगाल ऐसी अच्छा। और ये तो जो नीचे यही पर काटवा के बनवाया लोहे के एंगलों पर अच्छा, और इसमें आपने और क्या जुगाड़ की है जुगाड़ क्या है इसमें अपना पारे वाला मीटर लगा हुआ है अच्छा ये देसी पारे वाला मीटर हाँ पारे वाला मीटर है पारे वाला मीटर वाला मीटर है ये और ये दूसरा जो मीटर लगा हुआ इलेक्ट्रॉनिक है। है सिस्टम हो जाता है लेकिन कम्पेयर से से करके रखती है तो सही रहता है अच्छा दादा ये जो चेन है ये शायद साइकिल की चेन है हाँ साइकिल वाली चेन है पर उसी के हिसाब से उसके ग्रुप है नहीं? तो वो ही ऊपर नीचे उसको हर नब्बे मिनट वॉक करती है दोस्तों दिखाते हैं आपको साइकिल की चेन ऐसी किस तरह ये मशीन बनी हुई है पूरी और नीचे अपने पंखे लगे हुए हैं जो ऊपर से हवा खींच रहे हैं नीचे से हवा दे रहे हैं इनको <laughs> अच्छा ये ये साइकिल की चेन से पूरी जुगाड़ से बनाई हुई मशीन है और नीचे जो पंखे लगे हुए हैं कौन से पंखे हैं देखते हैं ये पंखा लगा हुआ ये पंखा लगा ये हवा दे रहा है आ... एक पंखा ऊपर लगा हुआ है अच्छा और ऊपर लगा हुआ है तो दादा आप हमें ये बताएं ये छोटे जो चूजे हैं इन चीजों को आप खाने में क्या देते हैं जिससे ये ताकतवर और सही बने रहे अपन इसको 24 घंटे तो मक्का का जलिया देते हैं अच्छा मक्का के जरिए के बाद में फिर प्री स्टार्टर आता है इसका लेयर वाला आ, तो ये प्री स्टार्टर हर जगह मिल जाता है हाँ मिल जाता है लोग कोशिश करें तो मिली जाता है नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से देते ही हैं उन लोगों को अच्छा, क्या कॉस्ट होगी है प्री स्टार्टर की अब हम लोग जो दाना बना रहे हैं वो करीब जो है चवालीस रुपए किलो दाना पड़ता है अच्छा तो ये लगभग एक महीने में कितना प्री स्टार्टर खा जाएंगे सौ बच्चे दो बच्चे अगर मान लीजिए सौ बच्चे काटते हैं तो पर बच्चा आधा किलो के करीब महीने भर में खा जाएगा अच्छा महीने भर में खा जाएगा और और भी भी करेगा। भी करेगा। ना इसके अलावा और कुछ है बताने के लिए आ, इसके अलावा ये है कि आप फ्री स्टार्टर और अच्छी क्वालिटी के दाने से पाले अक्सर लोग यूट्यूब पर देख के ना कहते हैं मेरी फ्री रेंज है बाढ़ चुम रहे हैं सौ मुर्गियों को करीब ग्यारह किलो दस किलो अनाज का बना हुआ सोयाबीन से जाना चाहिए वो उनको मिलेगा तो ग्रोथ करेंगे नहीं तो फ्री रेंज में क्या रखा है मिट्टी खा के भी चल पाएगी। अच्छा लोग पे जाके बहुत से बर्बाद देख रहे हैं लोगों को। ताकि मेरी सलाह सलाह तो यही है, भी है, डाक्टरों की और इसको ले मुर्गी किलो के करीब वजन लेने चाहिए ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए अंडे वाली मुर्गी का अंडे वाली मुर्गी का ज्यादा वजन नहीं बढ़ाना चाहिए तो मतलब आपका कहना है कि चार महीने में एक किलो वेट सवा किलो वेट गेन कर लेती है और अंडा कितने समय में देना चालू कर देती है साढ़े चार महीने से अंडा आना शुरू हो जाता है इसका साढ़े चार महीने में एक का पांच महीने पे करीब साठ सत्तर परसेंट ना नहीं लगता है अच्छा कुछ लोग आ, किसानों का कहना है कि उन्होंने चूजे पाले उनका जो मोर्टिलिटी है वो ज्यादा है तो इसका क्या कारण है उसका ये कारण है वो छोड़ देते हैं टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते कोई ज्वार डाल रहा है कोई वायरा डाल रहा कोई कनकी डाल इससे चूजे थोड़ी पालते हैं सोयाबीन से और के दाने से बना हुआ जो दाना आता है उससे ग्रोथ लेता है उससे अच्छी हेल्थ रहती है बच्चे ही तो कोई बीमारी नहीं है या कमजोर रहेगा तो स्वाभाविक और इसके साथ में कुछ मल्टी विटामिन हाँ, में कोई एंटीबायोटिक लगा लो विटामिन एटी थ्री लगा दो बी कॉम्प्लेक्स दे दो तो बीच बीच में पर अच्छे क्वालिटी का दाना देना ज्यादा बेटर है तो ये क्या पानी में दिया जाता है पानी में भी दे सकते हैं दाने में भी दे सकते हैं जैसे गर्मी में ज्यादा पानी पी रहा है पानी में दे दो सर्दियों में पानी नहीं पी रहा तो अपन दाने में मिक्स करके दे दो दाने में मिक्स चलिए दोस्तों कीजदीक से ये देखिए दादा बताइए ये जो, जो दरवाजा है इसका आ, ये चार बाई छके चे, से बनाया हुआ है और कवर लगा दिया स्टील इस का इसमें अंदर ये झूला टाइप का अपन ने ये बनाया अंडा ऊपर और बैरिंग लगे हुए है ताकि वे वजन को सहन करे और अंडे को ऊपर नीचे करने मोटर की सहायता रहे उसमें ये जो फ्रेम बनी हुई है ये बिल्कुल दरवाजे जैसी फ्रेम है तो है ना और दरवाजे की तरफ है तो ये ये लकड़ी का दरवाजा आया और ये की फ्रेम लगा के किस तरह जुगाड़ से तैयार की गई मशीन है और बाकायदा अंडों से बच्चे निकल रहे है, हैं सक्सेज हैं पूरी तरीके से टेम्परेचर में ताकि अपन ने इसमें दो सूज वाली प्लाई लगाई हुई है प्लास्टिक की बढ़िया वाली ताकि टेम्परेचर को रोक के रखे वो अच्छा टेम्परेचर को रोक के रखे दावा की एक छोटी मशीन और इसे और देख लेते हैं ये है अपनी करीब डेढ़ सौ चूजे निकालती है मेरे हाँ इसमें हम लोग अगर इससे दिक्कत आती है तो इसमें भी कर देते हैं इसमें भी कुछ भी लगे हाँ हाँ ये ये देखिए दोस्तों किस तरह अभी चूजे हैं इसके अंदर अभी निकल रहे हैं उसमें अपन जैसे जरूरत पड़ती है मशीन से ज्यादा और डिमांड रहती है लोग तो तो दादा एक जरा अंडा उठाइए क्या इसमें से अभी निकल रहा है ये देखिए दोस्तों चूजा निकल रहा है ये देखिए अभी बच्चा निकल जाएगा एक आध घंटे में घंटे में ये मैनुअल मैनुअल है, है चा, चा, तो ये ये है हाथ से से। पड़ता अंडा इसमें। अच्छा, अच्छा तो ये ये ये देख लेते बच्चों को। जी, देखिए। बच्चा निकल ये ये देखिए। बच्चा अभी एक घंटे में सूख के ही निकल आएगा अभी अंडा फाड़ के अब निकलने की कोशिश कर रहा है ये अच्छा निकलने की कोशिश कर रहा है है ना? तो इसके पेट में जो यारक है वो कितने समय तक काम करता है ये करीब अड़तालीस घंटे तक काम करता है इसके पेट में। अड़तालीस घंटे तक इसे खाना पानी देने की जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है अभी चौबीस घंटे के बाद छत्तीस घंटे के बाद बाहर निकाल लेंगे फिर रखे तो रखे नहीं तो इस समय कोई जरूरत नहीं है अगर दाना पानी खिलाया तो लोगो को दूर तक ले जाने में दिक्कत आएगी वो रस्ते में पानी कहाँ पिलाएंगे इसको दाना खाएंगे तो क्या लगेगी इसको अगर कुछ बताएं जिससे किसान भाई या इस नस्ल को, को तो छोटा सा बना के, अगर इसे पालता है, तो करीब दो ढाई किलो दाना खादे एक किलो का हो जाता है और करीब उसकी कॉस्ट दो सौ के अंदर अंदर पड़ती है तीन साढ़े तीन सौ तो रूपए किलो मार्केट में आराम से बिक जाता है तो इंसान चाहे तो थोड़ी सी जगह में हजार स्क्वायर फीट में एक बीघे की प्रॉपर्टी के बराबर पैदावार कर सकता है पर वह सत्य है कि उसको बिल्कुल एकूरेट उसी तरीके से पालना जैसे चूजा पाला जाता है सारे वैक्सीन करें सही दाना खिलाए और टेम्परेचर मेंटेन करें जो ऐसा ना करें यूट्यूब पे देख लिया कर फ्री रेंज फ्री रेंज से कुछ नहीं पलता सौ बच्चों को दस किलो दाना चाहिए एक एक दो महीने के बाद वो काम मिलेगा लोग कहते हैं फ्री रहेंगे इसलिए मेरा तो यही सलाह है कि डॉक्टर जो वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है उसी तरीके से पाले और भरपूर तो उसकी प्रॉफिट पाएँ उसको और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं मेरा तो यही है कि मेहनत करें तो उसको पूरा फल मिले दादा जैसे कोई व्यक्ति आपसे चूजा लेके गया और वो चाहता है कि उसे जानकारी भी है तो वो चाहता है कि आप उसकी मदद करें तो आप क्या मदद करेंगे उसकी मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ और जबकि वो नहीं भी फोन लगाता तो मैं एक दो दिन बाद पूछता रहता हूँ भैया टेम्परेचर में सही करना ये दवाई देना ये समय पर वैक्सीन करना मैं जानपुर के उसको खुद फोन लगा के कहता हूँ क्योंकि नए नए लड़के ले गए शौक में पाल लिया कुछ बात भूल जाती है मॉडिलिटी आती है तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप ले जाइए पालिए और आपकी इनकम अच्छी होएगी इससे दूसरी इसकी वीट जो है खेती में डालें तो आजकल 12-1500 का डीएपी यूरिया का कट्टे आते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तो मैं भी अपने गुलाब में और अपने गेंदे के खेतों में और सब्ज़ी की खेती में इसी की बीज डाल रहा हूं तो मुझे तो भगवान की कृपा से सारा अच्छा ठीक है और तो यही किसानों से मैं प्रेरणा करता हूं कि वो भी ऐसे अपने हैं छोटे बडे किसान वो पालें हजार स्क्वार फिर में वो आराम से जैसी मुर्गी पालन करके कम से कम पाँच दस हज़ार रुपये महीने की इनकम वो कर सकते हैं दोस्तों आपने देखा कि छोटे से कमरे में एक छोटा चो, सा प्रोजेक्ट लगा के अंडो से बच्चे निकाले जा रहे हैं और दादा इससे अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं तो आप अगर चाहें तो इस तरह कर सकते हैं चूजे खरीद कर मुर्गी फार्म खोल सकते हैं चाहे कड़कनाथ की नस्ल हो या आरआईआर की नस्ल हो उन नस्लों से अंडों का प्रोडक्शन भी हो सकता है और आ, मीट के मतलब से भी हो सकता है आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं और रही मदद की बात तो दादा से आप चूजे खरीदते हैं तो जानकारी भी बिल्कुल दादा से बिल्कुल फ्री मिलेगी उसके लिए कोई दिक्कत हाँ दादा आप बताए की देती है ये वैक्सीन करके देते हैं या ये जो रेट बताई है आपने ये बिना वैक्सीन की है जो अपन वैक्सीन लगाते हैं और उसके बाद में अगर ये सात दिन तक रुकता है तो अपन ल, ल, लसोटा रानी का वैक्सीन कर देते हैं अच्छा लसोटा और रानी का वैक्सीन कर देते हैं तो उससे कीमत बढ़ जाती है शायद कीमत क्या इनकी सिफ साइड हो जाती है बीमारियों से लड़ने की क्षमता इनकी बढ़ जाती है एकदम किसी के जा जाने के बाद बीमारी नहीं आएगी जैसे आपने जो इनकी रेट बताई है ये दो वैक्सीन करने के बाद बताई है या सिंगल वैक्सीन की सिंगल वैक्सीन के साथ पुट्टों को फर्स्ट डे मैरिज वैक्सीन लग पाती है ना जब तक ले जाती दो तीन दिन का बच्चा लोग अच्छा तो इनको अभी कौन-कौन सी वैक्सीन आप करके देते हैं और कौन कौन सी वैक्सीन होनी चाहिए और हाँ, जैसे हम लोग तो मैरिज कर देते हैं उसके बाद ले जाने के बाद उन्हें लसोटा गुंबारो और करीब जो है साठ दिन का हो जाए तो फॉलपॉक पिचत्तर दिन का हो जाए तो रानी खेत और आईवी वी वैक्सीन भी करना चाहिए जिससे अंडे के लिए आगे इसमें दिक्कत ना आए और ये पानी में दी जाती है वैक्सीन या इंजेक्शन द्वारा आधी इंजेक्शन द्वारा दी जाती हैं आधी पानी में जाती है, लसोटा और, और अच्छा दादा ये बताए आप की कोई कस्टमर आपसे बच्चे लेना चाहता है मतलब कड़कनाथ के चूजे लेना चाहता है तो आपसे किस तरह संपर्क करे कुछ कॉन्टेक्ट नंबर हाँ मेरा नंबर है नब्बे चौहत्तर बयासी पंचानवे अड़तालीस ग्वालियर में रेलवे स्टेशन से सात आठ किलोमीटर दूर है गिरवाई नाका पुलिस थाने के पास ही और आपको कॉल लगा के आपसे कहे की मैं फलानी जगह तो आप उसकी किस तरह मदद करेंगे उसको हम हो सकता है तो लेके आ जाते हैं मोटरसाइकिल लड़के को भेज देती है वैसे मैंने वी रोड पर तो आराम से आ भी जाते हैं दिक्कत आती हो तो हम लोग जाके ले आते हैं उसे ये जो चूज है वो किस तरीके ऐसी ले जाए की चूजा भी मरे ना और उसके यहां तक पहुंच जाए इसको अपन कागज के डिब्बे में पैकिंग करते हैं एक खाने में पंद्रह बच्चे आते हैं चार खाने रहते हैं तो साठ बच्चे एक डिब्बे में पैक होते हैं वो कहीं भी ले जा सकता है कोई दिक्कत नहीं आएगी तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है ये चीजों को जो है चौबीस छत्तीस घंटे जो अंडे का योग कर रहता है अड़तालीस घंटे तक अगर कुछ भी न दिएगा तब भी जिंदा रहेगा बच्चा तब भी जिंदा रहेगा चलिए दोस्तों देख लेते हैं किस तरह का वो डिब्बा है जिसमे चूजे पैक किए जाते हैं और उनकी सर्विस भार होती है देख लेते हैं चीजों को भी हाँ दादा तो जरा बताए में ये जो खाने बने हुए है चार इन खानों के अंदर कितने बच्चे आएंगे और कैसे पंद्रह बच्चे आते हैं एक एक खाने में आ, ये इस खाने में साठ बच्चे हाँ, आ सांस लेने के लिए ये।, ये सुराग बने हुए साइडो ऐसी डब्बों के अंदर चूजों को रख के नहीं आ सकता बड़ी आसानी ऐसी और चूजा मरेगा भी नहीं अच्छी तरह पैक करके देते हैं ताकि उनके वहाँ तक पहुँच सके यहाँ ऐसी सौ दो सौ किलोमीटर आराम से चला जाता है हाँ जैसे राजस्थान जाता है जयपुर है वहाँ तक गंगापुर सिटी इधर सभी जो जा रहा है यहाँ से तो जैसे इलाहाबाद जाना ये फ्लॉग निकलेगा वो इलाबाद ये इलाहाबाद जाएगा तो किस किस राज्य से आपके पास डिमांड आती है अब यूपी उत्तर तो प्रदेश और जो अपना इधर से राजस्थान से और मध्य प्रदेश में तो, तो लेते ही लोग यहाँ आस पास लेते ही तो लगभग आप कितने चूजे की कि सेल कर देते हैं महीने भर में दो फ्लॉग निकल जाते करीब दो हजार आराम से निकल जाता है अभी ये मशीन छोटी है तो 2000 बच्चा हम लोग निकाल लेते हैं आराम से 2000 बच्चा आराम से निकाल लेते हैं ना? तो ये जो अंडे है ये आपके खुद के फार्म के अंडे आ, मेरे यहाँ इनका पेरेंट भला हुआ है मेरे खुद के यहाँ के ये अंडे हैं उसी से चूजा निकाल रहा हूँ मैं जो इनको दे रहा तो ये जो कलकनाथ की मसला आपके पास कहाँ से है कड़कनाथ की मैं जाबुआ ऐसी कुछ प्यार लाया था उससे हैं मैंने वही चल जब अलग तो से नहीं निकाले जाते, ग्रोथ नहीं आती। उसका पेरेंट तैयार किया जाता था, अच्छा, जा था। चलिए बात करते हैं दादा से अभी दादा हमने देखा आर आई आर की चूज है और कड़कनाथ के चूज है इसके अलावा कोई चौथी प्रजाती है आपके पास अभी अपन पे आ रहा जिसकी सोनाली और कड़कनाथ चारी ही ब्रीडे है अच्छा सोनाली भी है आपके पास तो, रेट में कोई अंतर रेट में कोई अंतर नहीं है लगभग लग मिलता जुलता ही रेट है कड़कनाथ का जरूर पंद्रह रूपए ज्यादा है इससे अच्छा, अच्छा तो ये जो बाकी नस्लें हैं ये अंडा देने में सक्षम ज्यादा है हाँ ये अंडा करीब साल में दो से दो तक अंडा देती है सबसे ज्यादा अंडा देने वाली नस्ल है ये सबसे ज्यादा अंडा देने वाली नस्ल है ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं है। मिलते हैं अगले नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में आपका उष्ट दोस्त हरीश पवार जय हिंद